हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल गोल्डी फ्रेंड्स हम आए हैं मेरे परिवार में एक शादी है तो हम लोग वहां पे आए हैं मेरी भतीजी की शादी है परिवार में तो चलिए वहां देखते हैं हमने क्या एंजॉय किया तो पाता तो कर कन्या कल्याण पांच